lagata se karu mar do ye duniya wali to yes gande ab will be pretend i know lekin zara dekh aur ira ira dekh aur kese ke de mera ke se